हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल दिब्य ज्योति में यानी आप सपने में यात्रा करना या कहीं घूमना जाना देखते हैं इसका क्या मतलब होता है आप ताजमहल जाएं या पहाड़ पे जाएं या किसी मंदिर में जाएं आइए इसके बारे में जानते हैं सपने में यात्रा करने का मतलब हिंदू धर्मशास्त्रों में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसके द्वारा आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा हो सकता है सपने में स्वयं को यात्रा करते हुए देखना एक अशुभ स्वप्न माना जाता है स्वप्न सास के अनुसार सपने में खुद को यात्रा के लिए किसी गाड़ी से जाते हुए देखना या अपने लिए गाड़ी सजते हुए देखना मृत्यु का सूचक माना गया है ऐसे में अगर कहीं घूमने का प्लान बन रहे हो तो उसे छोड़ देना चाहिए इसी प्रकार नाव में बैठकर कहीं यात्रा करना निकट भविष्य में लंबी यात्रा का सूचक होता है लेकिन अगर आप सपने में खुद को कहीं पैदल यात्रा करते हुए देखते हैं या देख रहे हैं या किसी को यात्रा करते हुए देख रहे हैं प्रयाधन तो लाभ की तरफ इशारा करता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिखें आप सभी का दिन शुभ हो नीचे दी हुई लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अवश्य लाइक करें